हेलो गाइस आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से आपको मैं न्यू चैनल में एक और वीडियो लेके आपके साथ आया हूँ लेकिन आप लोग से एक बहुत बड़ी शिकायत है कि आप लोग मेरे चैनल को देखते तो जो है लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो मैं आपको फिर से एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ जो पिछले बार जो पिछली वीडियो की तरह ही बिल्कुल है इन लोगों को बिल्कुल शर्म लिहाज नाम का चीज़ नहीं है जो देखिए आप स्टूडियो में आगे की ओर देख सकते हैं इस साइड में आप हे गुड मॉर्निंग कैसे हो आप सब बहुत दिनों से हम दोनों का ब्लॉग नहीं आ रहा था क्योंकि हम कुछ पर्सनल प्रॉब्लम में फंसे हुए थे इस का नहीं ना क्या करेगा जब इन लोग सुधरते नहीं इसलिए ब्लॉग नहीं डाल रहे थे आज हमने सोचा कि एक छोटा सा ब्लॉग डाल देते हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन है हम आप सबको दे देते हैं बाकी सुचित्रा तुम कैसी हो बोलो तो गाइस आप लोग देख रहे हैं किस टाइप का वीडियो है जो कहते हैं पता नहीं चल रहा है ये लोग भी ये लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं या फिर पोजिशन दिखा रहे हैं इनका सोने का स्टाइल तो जैसा देखिए कैसा है पता नहीं ये लोग कैसे वीडियो शूट करते हैं और ये लोगों को शर्म्लास लगता है कि नहीं अगर ये लोग टिकटॉक ही बना देंगे यूट्यूब वो लग तो ऐसा ही रहा है घुसू वाले सब कोई सुधरने वाले भी नहीं है Hello, मैं ठीक हूँ मैं तो आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं की, की जा रही हूँ आज आ, और बहुत दिन वहाँ पर और उनको और, उनको, न, उनको नहीं पूछोगी क्या कैसे हो आप लोग टप्पा टप तप, टपर आट तप, सबूत लेना उससे भडवे और एक रुपया भी उसको कम आप लोग कैसे हो जरूर बताना जरूर बता कॉमेंट बॉक्स में और मैं वहाँ पर जाकर वीडियो बनाऊंगी वो देखना और शरीफ पना छोड़ने के लिए वीडियो बनाता है कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा था मैं वैसा नहीं बोल रहा था और ऐसा करता है पीछे पीछे हा? हाँ जरूर जरूर।, जरूर जरूर जरूर और बाकी दोस्तों आज हम जा रहे हैं अपने ससुराल तो आप लोग हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हम खुश रह सके तो दोस्तों बाकी कुछ नहीं था दोस्तों हम मतलब अभी नए नए ससुराल गए थे तो वहाँ पे कुछ शादी वगैरह था तो फिर से और जाना पड़ रहा है हमको तो बहन तो की शादी है ओके ओके तो दोस्तों हम वहाँ हम ब्लॉग डालने की कोशिश करेंगे ठीक हाँ। है हुआ तो और बाकी कैसे हो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना बब बाय नहीं है तुम्हारे घर पे ऐसे ऐसे लोगों को पकड़ के मारो मारो ना पेड़ हुआ किस टाइप का इन लोग का देखिए ब्लॉगिंग करने का कुछ तरीका होता है ये लोग बेडरूम में घुस के ब्लॉगिंग कर रहे हैं मतलब क्या हुआ इन लोग का सेंस ऑफ ह्यूमर क्या कहा गया अगर तो ये लोग शादी कर चुके हैं पति पत्नी है तो इन लोगों को समझदारी नाम है कॉमन सेंस नाम का चीज़ तो होना चाहिए कॉमन सेंस होना चाहिए थोड़ा तो सा इन लोग को बाहर या अगर रूम में ही कर रहे हैं तो कुछ अलग टाइप से कुछ बच्चे भी यूट्यूब पर देखते हैं यार इसका कुछ तो ध्यान देना चाहिए ना इन लोगों को समझ में नहीं आता है इसीलिए मैं इस टाइप का रोस्ट व्यूट बनाता हूँ और गाइस अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे मैं अधिक से अधिक जल्दी से चैनल में ग्रो हो सके और माइनिटाइज हो सके थैंक यू बॉस जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए